हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग इस समय साढ़े आठ बज रहा है सुबह हो गया है कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग मस्त होंगे हम भी एकदम मस्त हैं दोस्तों हाथ में मोबाइल लिए और छोटा सा स्टैंड लिए कोई सौरभ जोशी जैसे नहीं हो सकता लेकिन आप सभी का आशीर्वाद अगर सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर बन कर दिखाएँगे बस दोस्तों अपना आशीर्वाद मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा सपोर्ट करिए हम चलिए चलते हैं अदर जगह पर दोस्तों हम आ गए हैं अपने घर अपने अपने दुकान पर आइए हम अपने दुकान का नज़ारा दिखाते हैं यही मेरा छोटा सा दुकान है इसी से मेरा खर्चा चलता है आइए मेरे बड़े भाई हैं इनसे मिलवाते हैं हाय करो हेलो ये मेरे बड़े भाई हैं इसमें जा रहे हैं लोग ड्यूटी पर अपने जा रहे हैं आइए अपने दादी जी से मिलवाते हैं दादी जी हैं हाय करो ये हमारे दादी जी है आये <laughs> देखिये हम अपने मम्मी के पास आए हैं। ये मेरी मम्मी हैं। हाय बोलो मम्मी देखिए मेरी मम्मी खाना बना रही हैं इस समय धनिया चील रही हैं, मटर छील रही हैं, सब्जी बनाने के लिए आइए अपने भाई जी से मिलवा है हाय करिए हाय दोस्तों अब ये लोग जा रहे हैं अपने ड्यूटी पर निकल रहे हैं कुछ ही देर में निकल जाएंगे इतनी देर ठंड ठंड की वजह से जा नहीं पाए इसलिए यहाँ पर आग कौड़ा जला ताप रहे हैं हमारे ऐसे कौड़ा बोलते हैं और कई कई तो अलाव बोलते हैं हम लोग घर पर है इस पर चलिए हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं अपने टेंपल तो हम आप सभी को अपना मंदिर दिखाते हैं यहाँ जो मेरा मंदिर है ये हनुमान जी हैं अंदर शीतला माता हैं तो दोस्तों आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि हमें अपने ऊपर मतलब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बना रहे हैं भाई आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मुझे आगे तक चलाइए जैसे सौरभ जोशी हो गए वैसे मुझे बना दीजिए आप लोगों का प्यार मिलेगा ज़रूर बन जाएंगे आइए दिखाते हैं हमारे गाँव में एक रास्ता जाएगा हमारे गाँव में ये रास्ता हमारे गांव में जाएगा तिलोरा गांव में आइए घर अपना दिखाते हैं पूरी तरह से दोस्तों ये मेरा घर है यहाँ से पूरे यहाँ तक मेरा पूरा घर है तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिए तब तक मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में नमस्ते दोस्तों मेरे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक चले बाय गुड बाय चलिए दोस्तों हम आप सभी को अपना बाज़ार दिखा रहे हैं हमारे गाँव का बहुत माना जाना बाजार है पाधवा बाजार चलिए दिखाते हैं दोस्तों हम पहुंच गए हैं बाद बाज़ार चलिए आपको बाज़ार में ले चलते हैं तिरमोहानी पर पहुंच गए हैं अपने चलिए अंदर ले चलते हैं चलिए दोस्तों हम पहुंच गए हैं बाद बाजार आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा यहाँ बाजार में हमारे बहुत से दुकानें खुल गई हैं चलिए आपको और भी आगे नदी दिखाते जो हमारे घर यहाँ का बहुत माना जाना नदी है बहुत बड़ा है चलिए आपको देखो दोस्तों हमारे यहाँ का नदी बहुत बड़ा है बारिश की वजह से हम आपको बहुत दूर तक नहीं जा सकते क्योंकि बारिश हो रहा है उस समय यहाँ से आपको कुछ और नज़ारे दिखा कर फिर चलते हैं फिर वापस चलते हैं कुछ और भी दिखाते हैं चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नदी अभी एक नदी और आगे है ये रहा हमारा नदी अभी इससे भी बड़ा नदी है आगे दिखाते हैं आपको